अच्छा सुनो सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना अच्छा अच्छा अच्छा <laughs> तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना मजा आ जाएगा मुझे इंजेक्शन ऐसी डर लगता है मुझे नहीं लगवानी वैक्सीन नहीं अरे देख देख रो मत रो मत सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा क्या ठीक होगा मुझे कोरोना हो जाएगा अगर मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी तो ऐसा नहीं बोलते मैं तुम्हें अपना इंजेक्शन लगाऊंगा तुझे वैक्सीन में लगाऊंगा रूपा ये तो क्या कह रहा है क्या कह रहा है तू तो शंकर? अरे ये एक नंबर की चोटी है चोटी। तेरी सारी और आज इसे वैक्सीन लगा के पटा लूंगा मैं ये क्या बकवास करोदी <laughs> चाचा <laughs> नो, नो, नो। ये सला मुझे वैक्सीन लगा रहा था मार दिया इसे मैंने तो, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा सुनो सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना <laughs> अच्छा